है गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग तो आज हम जा रहे हैं टेनू घाट यह झारखंड के, के बोकारो डिस्ट्रिक्ट में है तो आप हमारे इस सफ़र में बने रहें बिकॉज़ यह सफ़र बहुत ही रोमांचक होने वाला है तो चलिए चलते हैं हमारे इस सफ़र में तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं हम लोग टेनूघाट पहुँच चुके हैं यहाँ देखने का नज़ारा तो बहुत ज़्यादा है तो चलिए हम देखते हैं इसमें और क्या क्या देखने को मिलता है तो गाइज बने रहे हमारे साथ और इसी वीडियो को अंत तक देखें दोस्तों हम लोग निकल चुके हैं टेनू से और हम लोग दोनों जा रहे हैं एक सीनरी की तलाश में तो हमारे साथ बने रहें और देखते हैं कुछ नया कुछ अनोखा तो दोस्तों हम दोनों लल्पनीय पहुंच चुके हैं यहाँ पर हमारे कुछ ग्रुप हैं जिनके साथ हम पर्वत पे परमाचक सफर पे चलेंगे दोस्तों हम लोग हार्ट ग्रुप के साथ लल के पहाड़ आ चुके हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ का नज़ारा बहुत ही ब्यूटीफुल है और पीसफुल भी है तो चलिए देखते हैं और फाइनली हम लोग उस प्लेस पे पहुँच चुके हैं जहाँ हम सबको बेसब्री से इंतजार था यहाँ पर अलग अलग पहाड़ का अलग अलग नाम रखा गया है जैसे कि आप देख रहे हैं दूर से पहाड़ इसको बोलते हैं हाथी पहाड़ डेट मीन्स एलिफेंट माउंटेन तो हम लोग इस पे ना जाके एक छोटा सा पहाड़ है उस तो पे चलते है, हैं हमारा टारगेट एक फॉल है जो पहाड़ के ऊपर है उसके ऊपर जाके हमें फॉल पे नहाना है तो दोस्तों बने रहे हमारे साथ जैसे कि आप लोग देख रहे हैं लुघु लुघू पहाड़ नहीं यार लघु पहाड़ बहुत ऊंचा है ये पहाड़ का नाम अननोन है हां ऐसा खोज किया जा रहा है हम लोग खोज करेंगे इसका पहाड़ का जुनाद कैमराम को तो हाई कर दो ठीक है तो दोस्तों आप देख सकते हैं पहाड़ के ऊपर का नजारा काफ़ी खूबसूरत है अभी मैं और पहाड़ों पर ऊपर रहा नजारा ट्रैकिंग करते हुए हम लोग इसलिए तो फोन रख लीजिए बहुत गंदा लग रहा है ये हमारा हाल ठीक हमारा हाल देखते हुए आप समझ ही सकते हैं कि हम लोग कितनी दूर क्या कर रहे हैं <laughs> पसीना चू रहा पैर बाप बाप कर रहा है Five minutes later हाड़ के ऊपर आ चुके हैं यहाँ का तो मज़ा और ही है यहाँ से पारस के पहाड़ी भी अच्छे से दिखाई दे रहा है और अगर आपके पास समय मिलता है तो आप भी आए यहाँ का मजा लें इसके बाद हम उस हॉल पे जाएंगे नहाने के लिए उससे पहले कुछ ग्रुप पिक्चर हो जाए Still i get up Time... तो दोस्तों हम सब पहाड़ से उतर जाने के बाद अब निकल चुके हैं एक काशी के पहाड़ की ओर तो देखते हैं वहां क्या होता है काशी को हमारे लैंग्वेज में तो काशी ही कहते हैं बाकी आप इस फूल को क्या बोलते हैं अपने लैंग्वेज में प्लीज़ कमेंट करके बताएं हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आप कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मैं और भी ब्लॉग लाऊंगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी मैं ब्लॉग ला सकूं।